हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आई हो अच्छे होंगे तो हमेशा की तरह आज आपके लिए भी एक वीडियो और लेकर के मैं आया हूं तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा कि ये हमारे पास एक रेडमी का फ़ोन है जो वो FRP पे है तो मैं आपको दिखा देता हूं रेडमी का नाइन है ये फ्रेंड्स आपको मैं दिखाना चाहूंगा ये रेडमी का नाइन है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रेडमी का नाइन है तो आप यहाँ पर इसको अगर मॉडल नंबर भी देखेंगे तो भी आपको यहाँ पर मॉडल नंबर की दिखाई दे जाएगी तो ये रेडमी का नाइन है फ्रेंड्स तो इसकी फार पी देखते हैं लगी कि नहीं लगी है तो फटाफट हम कर लेते हैं चेक यहां पे कर लेते हैं नेक्स्ट और यहां पे कर लेते हैं नेक्स्ट और यहां पे कंडीशन ओके और इसको कर देते हैं स्किप और इसको कर देते हैं नेक्स्ट यहां पे भी कर देते हैं स्किप फिलहाल और यहां पे कर देते हैं मोर एक्सेप्ट जस्ट ए सेकेंड और यहाँ पर भी, भी कर देते हैं स्किप और यहाँ पर कर देते हैं नेक्स्ट और ये नेक्स्ट और यहाँ पर कंप्लीट क्लासिक अब यहाँ पर देखिए फाइनल सेटअप आ चुका है तो अब यहाँ पे जैसे ही करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा सिंगिंग का एक मैसेज आ चुका है यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉट सिंगिंग मतलब ये एफआरपी पे लगा हुआ है फ्रेंड तो ये हम इसकी एफआरपी आर बाईपास करेंगे बहुत ही इजीली तरीके से तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे फ्रेंड्स जैसा कि आप ये देख सकते हैं तो हम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और छोटा सा अपडेट अगर आप हमारे चैनल में अगर, अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे स्मार्ट टेलीकॉम को सब्सक्राइब करें और बेलाइकन को दबाएँ जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं सारा चीज मैं आपके सामने यहाँ पे लाइव करूंगा तो अब आपको करना है यहाँ पे नेक्स्ट करना है नेक्स्ट करने के बाद यहाँ भी आपको नेक्स्ट करना है यहाँ पे भी आपको इंडिया सेलेक्ट कर देना है इसके बाद आपको यहाँ पे एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लेना है उसके बाद यहाँ पर भी आपको स्किप कर देना है फ्रेंड्स यहाँ पे भी कर देना है नेक्स्ट अब यहाँ पे आने के बाद भी आपको करना है स्किप ये रहा है स्किप मोर और यहाँ पे जाना है नेक्स्ट करना है जस्ट अ सेकेंड अब इसके बाद आपको यहाँ पे जाकर एक बार एक लॉक लगा देना है तो यहाँ पे पैटर्न डाल देना है तो मैं यहाँ पे पैटर्न डाल देता हूँ आप वीडियो को हमेशा स्टेप बाय स्टेप देखें और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके प्लीज़ जरूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसा लगा और यहाँ पर हम एक लगा देते हैं पैटर्न ये देखिए पैटर्न हमने लगा दिया है इसको कर देते हैं कंफर्म तो हमने यहाँ पे लगा दिया है अब यहाँ पे आपको करना है एक बार नेक्स्ट फिर उसके बाद आपको करना है बैक अब यहाँ पे आपको करना है फ्रेंड्स बैक अब यहाँ पे आपको कर लेना है एक बार फिर से बैक और यहाँ पे कर लेना है बैक और यहाँ पर बैक फाइनली बैक करने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है अब यहाँ पर करना है नेट कनेक्ट करना है मतलब वाईफाई आपको दे देना है तो फिर से एक बार कंडीशन को ओके कर लेते हैं अब यहाँ पे देखेंगे हमारा आ जाएगा नेटवर्क के लिए सिम यहाँ पे नहीं है तो हम करेंगे नेक्स्ट और यहाँ पे देखिएगा हमारा ही आ चुका है तो हम यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट कर देते हैं ये कनेक्ट हो गया तो ये वाईफाई हमारा कनेक्ट हो जाएगा और जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स उसके बाद आपको यहाँ पे फिर स्किप नहीं करना है फिर आपको करना है तो उस टाइम पे एक बार रॉन्ग पासवर्ड हो चुका था मेरा तो कोई दिक्कत नहीं अब आपको करना है यहाँ पे स्किप नहीं करना है फ्रेंड्स अब आपको करना है यहाँ पे नेक्स्ट तो नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट के लिए आएगा तो यहाँ पे कर देना आपको डोंट कॉपी और यहाँ पे फिर करना है चेकिंग इन्फ्रो तो जैसे आप चेकिंग इन्फ्रो पर देखेंगे तो आपके पास ये पैटर्न का इंटरफेस आ चुका है उस तो पैटर्न के इंटरफेस में आपको सीधा यहाँ पे क्लिक जो आपने पैटर्न डाला था वो पैटर्न यहाँ पर सिंपली तरीके से बना देना है अगर वीडियो आपको अच्छा लगे ट्रिक आपको अच्छा लगे तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे स्किप का बटन फ्रेंड्स आ चुका है ये देख सकते हैं आप स्किप का बटन आ चुका है तो हम यहाँ पे कर देते हैं स्किप और यहाँ पे भी कर देते हैं स्किप ये स्किप कर दिया स्किप करने के बाद हमें करना है यहाँ पे मोर एक्सेप्ट और यहाँ पे भी कर देना है आपको ओके okay, देन ओके okay करने के बाद अब यहाँ पर एट फंसन टच यहाँ पे आपको लिख रहा है फाइव मिनट्स नहीं लगेगा ये हमारा जॉब डन हो चुका है फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉब डन हो गया है तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं ट्रिक आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताएँ तो यहाँ पर भी आपको कर देना है स्किप स्प एनी वेज यहाँ कर देना है नेक्स्ट और यहाँ पर कर देना है नेक्स्ट और ये कंप्लीटली आ चुका है हमारा ओके के कंडीशन में जस्ट ए सेकेंड अब यहाँ पर अभी आपको कर देना है स्किप मैं वॉइस के साथ इसीलिए वीडियो बनाता हूं जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए फ्रेंड्स और यहां पे देख सकते हैं डाउनलोडिंग ऐप विदाउट सिंगिंग तो बस यहां पे ट्राई अगेन तो यहां पे स्किप कर देना है आपको जस्ट ए सेकंड अभी कंप्लीट हो जाएगा मैं लास्ट तक आपको इसलिए दिखाता हूं कि फाइनली आपको पता चले फ्रेंड्स कि हमारा बाईपास हुआ कि नहीं हुआ कोई फेक तो नहीं है तो यहाँ पर देख सकते हैं आगे आप फिर से वही सेटअप कम्प्लीटेड और करना है आपको केवल नेक्स्ट जस्ट ए सेकेंड अगर फार की रिमूव नहीं होगी तो वापस से फ़ोन फार फी क्शन में आ जाएगा पर ये देख सकते हैं हमारा ये जॉब डन हो चुका है बहुत इजीली तरीके से जॉब डन ये हमारा हो चुका है तो वो ये वही, वही फ़ोन है जो कि हमने आपको यहाँ पे करके दिखाया तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा फ्रेंड तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये ट्रिक आपको कैसा लगा और आपको अगर पता था तो वीडियो को स्किप कर सकते थे तो नहीं आप हमारे चैनल में नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच